हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के हिस्ट्री वर्सेस रियालिटी में और मैं आज एक हॉन्टेड मोस्ट हॉन्टेड कब्रिस्तान जहां दिन में लोगों के साथ एक्टिविटी होती रहती है तो आया हूं मैं हूं मेरे दो दोस्त हैं हम तीन लोग आए देखते क्या है क्या नहीं है हमारे साथ कुछ होता है कि नहीं होता है क्योंकि दिन का है तो शायद कुछ दिखेगा तो नहीं शायद आवाज़ ववाज़ आ सकती है तो बने रहे वीडियो में और पूरा वीडियो देखे और जो भी है आपका सुझाव कमेंट में करे मुझे किसी की भावनाओं को या किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की कोई इरादा नहीं है ना। ना। तो ना ना ना ना कोई तो को खोतरी ना कोई तो सके जब भी कपड़े नहीं बनती है ना उसके मुझे पानी वाणी से बंद कर देने पानी डालना बंद कर बनता तो फिर मुरझाई जा ही जाएगा ना पे खिले दिख तो इस एक पानी नहीं आ रहा है यार यारम घबराब्रिस्तान के इसलिए अंदर ऐसा हो रहा है ऐसा तो हमें आस पास में घूम रहा है यार हम तीनों के अलावा भी अपने साथ साथ कोई चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे यार यहाँ इतनी मुझे पता नहीं यार ठीक है दिन में भी यार रात तो हो तो लो बात अलग यार। दिन में भी ऐसा होता है यार थोड़ा अंदर डीप में चलते ना उस साइड यार ठीक है चलो नहीं चलते चलो यहाँ से बाहर निकलते ना तो बार बार से कर लेते इन लोगों के जो रोड बने हुए यहाँ से ही बाहर ये बच्चों के कबरे है सब यहाँ सभी कबरे हैं और हम लोग कब्र के पास नहीं जा सकते रोड टू तो रोड घूम रहे क्योंकि मुझे मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहता हूँ इसलिए मैं रोड से ही दूर से ही देखूंगा पास नहीं जाऊँगा एक भी कब्र से मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगा कि पैर भी नहीं लगाऊँगा किसी का धर्म का अपमान नहीं कर चाहता मैं किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही यार यार फिर से आवाज आ रही यार वास्तव में हकीकत में यार ये खतरनाक है यार चलो यार निकल यार खतरनाक है यार लोकेशन ये हालत खराब हो गई हम लोगों की यार और लास्ट में जब दोपहर मैंने आवाज़ सुनी किसी की ज़ोर जोर से चिल्लाने की यार भाती मत पूछो यार इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था वो मेरे दोस्त लोग आगे निकल गए तो मैं भागता हुआ जा रहा था उनके पीछे और रास्ते में ही आ गया वास्तव में है भाई ऐसा हो नहीं सकता कि रात में भी बुध दिखते दिन में भी दिखते भाई बुध दिन में भी होते है ठीक है और जिसको भी ना लगे दिन में नहीं है भाई मोस्ट वेलकम आओ मेरे पास मैं ले जाऊँगा आपको लोकेशन पर